लुट के ले गया दिले वो जिगर दुगर शाम के ले गया दिले वो दुगर जग दुगर जादूगर दुगर जादूगर दुगर जादूगर के ले गया दिले वो जगरे जादूगर लुट के ले गए आज बुझे सामरा जादूगर मैं तो गई भरने जमुना से पानी मैं तो गई भरने जमुना जब पानी देख छबी नट कटकी हुई मैं दिवानी देख की, हुई मैं छीवानी उसने मारी जो तिरी की नजरे उसने मारी जो तिरी की नजर है सांबरा जादूगर लुट ले गए आदले वो जी श्याम लूट के ले गए तान सुनी बसुरी की शुद्ध बुध मई खोई तान सुनी बसुरी की सुध बुद्ध खोई भूल गई लोक लाज वर तेरी में हो भूल गई लोक लाज बड़ तेरी में हो भूल गई लोक लाज बड़ तेरी में हो छोड़ के तुझको मैं जाऊँ किधरे छोड़ के तुझको मैं जाऊँ किधरे शाम जादूगर लुटले गयादिल वो जर है शाम राज जादूगर लुटले गया दिल वो जर है शाम राज श्याम शाम तुमसे आशा की लड़िया बाम शाम तुमसे आशा की लड़िया यही तमन्ना तो से सजीवन की घड़िया यही तमन्ना से सजीवन की घड़िया यही तमन्ना से सजीवन की घड़िया तेरे चरणों में जाए गुजरे तेरे चरणों में जाए गुजरे शाम जा लूट के ले गया दिल बुझ शाम लूट के ले गया दिल बुझ शाम जादूगर शामरा जादूगर समरा जादूगर समा जादूगर समरा जादूगर समाजादूगर लुटके ले गया दिल वजग करे के ले गया दिल वज करे लूट के ले गया दिल वज करे राजा राजा शाम राजा जोगर शाम राजा जोगर शाम राजा जुगर